नमस्कार दोस्तों मेरा नाम सूरज प्रजापति और आप देख रहे हैं एसकेटी दुनिया आज हम सीखेंगे कि अपने मोबाइल से खुद का या दूसरे का ऑनलाइन कैसे का आधार कार्ड डाउनलोड करें वो भी बिल्कुल मुफ्त बिना कुछ पैसे दिए हुए तो चलिए बिना वक्त गंवाए हुए चलते हैं तो सबसे पहले अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर ओपन कर लीजिए यहाँ पर टाइप कीजिए यू ये ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट का जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे यू करके आ गया है यहाँ पे क्लिक करेंगे जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इंटरफेस आएगा गेट आधार यहाँ पे आपके बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं लोकेटर टेंड इनमेंट सेंट्रल बुक अपॉइंटमेंट चेक आधार स्टेटस डाउनलोड आधार रिटायब और फ्रॉगेंट ईआईडी आई तो आप यहाँ पर डाउनलोड आधार पर क्लिक करिए यहाँ पे आप एक पप पप आएगा इसको ओके कीजिए जैसे यहाँ खुलेगा तो यहाँ वेलकम टू माय आधार लिखेगा यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जैसे डाउनलोड आधार आधार ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड चेक आधार पीवीसी कार्ड ऑर्डर स्टेटस चेक इन्होंने इनॉलमेंट एंड अपडेट स्टेट लोकल इमेंट सेंटर बुक एंड अपॉइंटमेंट तो आपको डाउनलोड आधार करना है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए डाउनलोड आधार यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलेगा आधार नंबर एक डालकर आप डाउनलोड कर सकते हैं इनोलमेंट आईडी डालकर अगर किसी ने ऑनलाइन अभी करवाया है किसी ने बनवाया है तो वहाँ पे एक इनॉलमेंट आईडी मिलता है तो वहाँ डाउनलोड अगर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आईडी डालना पड़ेगा फिर वर्चुअल आईडी से तो चलिए हम आधार नंबर मेरे पास है तो हम अपने आधार नंबर डाल कर, और यहाँ पर डाउनलोड करते हैं It's यहाँ पे आपका कैप्चा है तो यहाँ पे कैप्चा डालना ज़रूरी है जैसे ही यहाँ पे कैप्चा डालेंगे तो आपके सामने सेंड ओटीपी का आएगा ऑप्शन तो आपके जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा वही नंबर पे आपका ओटीपी जाएगा तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं यहाँ पे देखिए इन्वेलिड कैप्चा आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है फिर से हम यहाँ ट्राई करते हैं फिर से सेंटो टीपी पे क्लिक करते हैं अब यहाँ पे ले लिया है उस समय थोड़ा एक वर्ड गलत हो गया था कैप्चा का जैसे हम यहाँ पे डाले देखिए मेरा मोबाइल नंबर पे एक OTP आया 3860 देखिए अड़तीस चलिए हम यहाँ पे ओ डाल देते हैं और एक यहाँ पर है डू यू वाट ए मास्क आधार इस पे आपको क्लिक नहीं करना और अगर यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो आपका जो आधार नंबर का है लास्ट फोर डिजिट ही आपको दिखाई देगा बाकी का छुपा हुआ है तो वो ज़रूरी नहीं है वो आपके अनुसार अगर छुपाना चाहते हैं तो वो आप छुपा सकते हैं वरना हम कोई ज़रूरत नहीं है तो इसको हम नहीं छुपाते हैं वेरीफाई एंड डाउनलोड पे क्लिक करेंगे जैसे वेरीफाई एंड डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक आएगा कंग्रेचुलेसन योर आधार कार्ड हैज़ बिन सक्सेसफुली डाउनलोड गेट दी आधार लेटर पी डी एफ पासवर्ड विल भी इन एट करेक्टर मतलब आपका जो आधार कार्ड है उसमें आठ करेक्टर का पासवर्ड है कम्बिनेसन ऑफ़ द फर्स्ट फोर लेटर ऑफ योर नेम यानी कि आपका जो नाम है उसका पहला फोर लेटर इन कैपिटल लेटर मत बड़ा अच्छा यानी कैपिटल लेटर में होना चाहिए एंड ईयर ऑफ बर्थ मतलब आपके जो तिथि है एयर ऑफ डेट यानी कि जैसे 1997 सौ सन्तानवे उन्नीस तो वो डालना है तो चलिए हम आपको एक बार देखा देते हैं तो गो टू दासवोड जाएंगे अब यहाँ पे आपका नीचे देखिएगा तो यहाँ ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे क्लिक करेंगे देखिए एडोप एयरक्रोप्ट एकोबाइट इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए पासवर्ड मांग रहा है तो चलिए मेरा नाम जैसे है सूरज तो हम अपने चार कैपिटल लेटर डाल देते हैं पहले नाम का हो गया और ए डाल देते हैं देखिए देखिए मेरा आधार कार्ड आपके सामने डाउनलोड हो गया है देखिए तो बहुत सी आसान प्रक्रिया है इसको डाउनलोड करने के लिए बाकी सारे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे दिख नहीं दिख क्या था? तो बस दोस्तों यही था आधार डाउनलोड करने का प्रक्रिया जो भी था ऑनलाइन बस दो मिनट टाइम लगता है तो सर अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहें तो आपके पास पहुंचते रहें धन्यवाद जय हिंद जय भारत